वेलकम बैक का मेरा नाम है बिटू और आप देख रहे हैं डिमो बॉयज चैनल तो भाई इंट्रो कैसा लगा प्लीज कमेंट पिक माय क्वेश्चन एंड कमेंट जल्दी से कमेंट कर दो आज रात को बारह बजे तो आया है ये कैरेक्टर क्या नाम है इसका डोमेस्ट्री भाई कैसे कैसे नेम देता है यार जब भेजती है मैं तो कैरेक्टर हमारा आ जाएगा डोमेस्ट्री डोमेस्ट्री तो इसको हम लोग कहते हैं गैम्पले और देखते हैं इसका एक्टिव स्किल करता है क्या तो इसका आएगा ना रहेगा तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपअप इवेंट या कोई भी इवेंट हो मैं देते रहूँगा तो भाई सब ये क्या है तो इसका एक्टिव स्किल होने वाला है कुछ ऐसा टाइप का मैंने किया डाउन जोन के अंदर क्या हुआ एक्टिव स्किल का कुछ काम ही नहीं आया बेकार है क्या मेरा खुद में मर गया मैं मतलब क्या तो भाई फिर से एक बार राउंड करते हैं तो इस बार भी हम लोग जोन के अंदर जाके फटाफट से देख लेते हैं जी इसका एक्टिव स्किल कैसे यूज़ करता है कैसे नहीं तो जोन के अंदर चले गए भाई साहब भाई साहब ये ऑन किया और ऊपर आ गया से का ऑप्शन मर गया लेकिन जोन के अंदर मर जाता है ना फिर से आ चुके हैं हमें फिर करके देखेंगे भाई इस बार इसका स्किल मस्ती से आराम से करेंगे तो थोड़े जेन में डैमेज हो लेते हैं और बाहर आते हैं एक्टिव स्किल ऑन करते हैं इसके और भाई साहब वो आ गया भाई मरना है मेरे को मर जा मर जा हम हाँ गया बाई सेल्टिव आ गया मैं रिवाइव कर देता अपने आप को okay, तो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं आप इतना मस्त कैरेक्टर है ये आप लोग मतलब क्या ही बोले भाई बहुत मस्त कैरेक्टर है तो जिस किसी ने अभी तक तो वीडियो नहीं देख रखा है तो देख लो भाई फटाफट पड़ से और लाइक कर देना ठीक है इतना मेहनत से करके टॉपअप करके वीडियो लाया हूँ क्या टॉपअप तो मैं नहीं करता हूँ लेकिन टॉपअप करके वीडियो लाया हूँ भाई प्लीज़ लाइक कर देना और भाई साहब क्या ही बोले ज़बरदस्त है इसका मतलब एटीट्यूड और ज़बरदस्त है इसका एक्टिव स्किल क्योंकि भाई साहब ये तो बहुत ही कमाल का एक्टिव स्किल है तो कोई ना जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और पाचला बिल को ऑल प्लेस सेलेक्ट कर लेना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों